फ्रेंड चलो अरे अरे भी? भी अच्छा, थीक. <laughs> थीक है, चलो, अरे भाई <laughs> तो क्या ठीक ठीक है आप पागल हो क्या अभी मेरे को गिरा देते मैं गिर जाती हूँ उसमे तो क्या कर रहे हो गिर ही तो रहे हो क्या कर रहे हो यहाँ पे मछी पकड़ रहे हो आपको क्यों बताऊँ कुछ भी कर रही हूँ मैं मैं भी पढ़ूंगा ना साथ में चलो अरे पागल हूँ क्या कर रहे हो ऐसे यहाँ पे अरे मैं कुछ भी करूँ आप कौन हो पहली बात तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो क्या हुआ क्या कर दिया मैंने आप मुझसे बात मत करो कर यहाँ पे जाओगे दे कर... क्यों, क्यों जा रहे हो इधर पानी में अंदर चलो बाहर चलो क्या हुआ पानी में जा रहे हो क्या अंदर अरे मैं कुछ भी करूँ आप क्यों पूछ रहे हो ऐसे चलो चलो चलो चलो घूमने चलते चलो क्या हुआ? दिमाग खराब है आपका यहाँ पे कर रहे क्या हो कर रहे हो? हो बताओ। अरे मैं कुछ भी करूँ लेकिन चलो साल में खेलते है अरे नहीं खेलना मुझे क्यों क्या है? हो गया अरे मैं कभी टाइम से देख रहा था आपने यहाँ पे बैठे हुआ अकेले ऐसे तो मैं मैं मैं क्या क्या क्या मेरे को नोटिस कर कर रहे टाइम। चलो दे देता हूं। पर अकेली चाहिए। मैं अकेली लड़की। क्यों? अच्छा नहीं नहीं। नहीं है आपका? मुझे बना लो। क्या, कर क्या रही हो? अरे छोड़ो इसे चलो घूमने चलते हैं क्यों क्या नाम आपका हेलो सुजीत तो कर सकते हो, ऐसे किया जाता है मैं? मैं क्या नाम अच्छा, <laughs> है आपका? फ्रेंड बनोगे मेरे? मैं क्यों आपकी फ्रेंड आपका बात कर लू क्या हुआ कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ थे नहीं, साथ नहीं? साथ साथ हो आप, मैं तो बस मजाक कर रहा था नहीं, क्या हुआ क्या करे हुआ यहाँ पे कुछ नहीं बस ऐसे ही घूमने